चक yeah. yeah.

सेम सीट भी ले लिया और न्यू सीट में भी ले लिया

ऐसा ऐसा तीन शेट में भी हो सकता है डी थ्री में भी कर सकती है

हम्म mm. mm. mm.

हम्म हम्म ठीक है

बिल्कुल अच्छा अभी इसी एक्सेल के अंदर D1 है D2 है D3 थ्री है टैप्स बना हुआ है अगर अगर ऐसे ही नई फाइल होगी न्यू एक्सेल तो कर सेम चीज कर सकते हैं राइट फाइल में कर ले ठीक ओके डन ठीक

सर इसी इसी में मैं एक एग्जाम्पल पूछूं इसी शिर...